आदरणीय सूर्यांशियों भास्कर मंच के संयोजकों एवं सोशल मीडिया से जुड़े भाषण प्रतियोगिता के अनगिनित दर्शकों को विजय पुन्यार का शादा प्रणाम मेरे लिए मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सूर्य सप्तमी के पावन अवसर पर हमें कुछ कहने का अवसर मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से विश्वभर के शकदीप्य परिवार के बच्चों को भास्कर भाश, मंच ने यह अवसर दिया इसके लिए संयोजकों को धन्यवाद आज माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है जिसे हम सूर्य सप्तमी रथ सप्तमी या अचला सप्तमी के नाम से जानते और मनाते हैं क्यों मनाते हैं क्यों मनाना चाहिए क्या लाभ है इसे मनाने से इस विषय पर आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ गौरव की बात है कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्म ली हूँ जहाँ हमेशा धार्मिक बातों की चर्चा होती रहती है दादी नानी की कहानियों से पुर पुराणों की बहुत सी बातें सुनने जानने को मिलती हैं पुराणों में सप्तम सप्तमी तिथि को बहुत ही पवित्र और जन कल्याणकारी माना गया है यूँ तो सभी महीनों में दो बार सप्तमी तिथि आती है सबका अपना महत्व है किंतु शुक्ल पक्ष की सप्तमी का अधिक महत्व है इसमें भी उसमें भी कार्तिक अघन पौष और माघ इन चारों महीनों महीने की सप्तमी तिथियों का विशेष महत्व है इन चारों सप्तमियों में भी माघ महीने की सप्तमी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सवाल उठता है कि क्यों कुल मिलाकर 24 सप्तमियों में ये माघ महीने वाली सप्तमी ही क्यों सबसे ऊपर है सच पूछे तो इनके कई कारण हैं ये बड़े गर्व की बात है कि हम सूर्यांशी हैं जी हाँ सूर्यांशी हैं सूर्यवंशी ने सूर्यवंशी तो क्षत्रिय हुआ करते हैं हम दिव्य जन्मा ब्राह्मण हैं हम सूर्य के बेटे नहीं सूर्य के अंश हैं क्योंकि सूर्य के तेज से हमारी उत्पत्ति हुई है हम लोगों के लिए विशेष प्रचलित शब्द है शाकदीप्य ब्राह्मण जिस सूर्य के तेज से हम शाक ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है उसी सूर्य का जन्मदिवस है यह सूर्य सप्तमी इसी तिथि को इन्हें दिव्य रथ की प्राप्ति हुई थी इसके कारण इसे रथ सप्तमी कहते हैं और इस दिन ही की गई सूर्य पूजा उपासना अचल हो जाती है इसी कारण अचला सप्तमी कहते हैं भगवान भास्कर का एक नाम है मार्तदंड सृष्टि के प्रारंभ में लंबे समय तक एक विशेष प्रकार के अंडे अंडे में इनका निवास रहा उसी समय दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री संज्ञा को समर्पित कर दिया था इन्हें जिससे यम नामक पुत्र और यमुना नामक पुत्री उत्पन्न हो चुकी थी बहुत समय के बाद सूर्य उस अंडे से बाहर आए और जगत का संचालन करने लगे अंडे से बाहर आने के बाद संज्ञा को बहुत परेशानी होने लगी क्योंकि सूर्य का तेत उनसे सहा नहीं जा रहा था इसी कारण उसने गुप्त रूप से अपनी छाया से एक स्त्री का निर्माण किया और अपने स्थान पर छोड़कर घोड़ी के रूप में उत्तर कुरु में छिपकर रहने लगी क्योंकि पिता ने भी उसे अपने यहाँ नहीं रखा इधर छाया रूपी पत्नी ने तप्ति नामक कन्या और शनि नामक पुत्र का जन्म हुआ एक समय की बात है कि यमुना और तप्ति में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया यम भी छाया के व्यवहार से दुखी रहते थे क्योंकि यम और यमुना के साथ छाया का व्यवहार सौतेली माँ जैसा था एक बार यम को छाया ने बहुत डांट डपट किया जिससे क्रोधित होकर यम ने छाया पर अपने पैर से मारने की कोशिश की जिससे क्रोधित होकर छाया ने यम को श्राप दे दिया कि तुम्हारे पैर में कीड़े पड़ेंगे उसी उसी समय सूर्य भी वहाँ आ पहुँचे यम ने पिता को बतलाया कि ये मेरी असली माँ नहीं है क्योंकि सौतेली माँ जैसा व्यवहार करती है जबकि तप्ति और शनि को ज़्यादा प्यार करती है मुझे जान, पूछे जाने पर छाया ने कुछ नहीं कहा किंतु यम ने पूरी बात सूर्य को बता दी इस बात से सूर्य बहुत चिंतित हुए यम को लोकपाल बनने का आशीष देकर वे संज्ञा के पिता के पास चले गए दक्ष ने सूर्य को पुरानी बातें बताई और सूर्य के तेज से, तेज को धीमा करने के लिए विश्वकर्मा को बुलाया गया विश्वकर्मा ने खराद करके सूर्य का तेज कम कर दिया से से निकल खराद से निकलने उन्हें सूर्य की किरण से शकदीपीय दिव्य ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई इसके बाद खोजते हुए सूर्य संज्ञा के पास पहुंचे जहां घोड़े के वेश में उनका मिलन हुआ यह सारी घटना चूंकि माघ महीने की सप्तमी तिथि को घटी इसीलिए तिथि का इतना महत्व है धन्यवाद जय भास्कर